तो कैसे आप लोग में, तो में। गाय ले के अभी उसको देख के वापस जा रहे ये हम लोग चार पांच आए थे ये देखो दो और तो इधर पीछे दो है वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी तक आया नहीं हम आ चुके हैं पूरे जंगल के बीचों बीच चारों तरफ जंगल ही जंगल है ये आप लोग देख सकते हो इधर चारों तरफ पूरा जंगली जंगल है देख सकते हो आप लोग पूरा जंगली जंगल है यहाँ पर हम आए ना तो इंसान है ना तो कोई जानवर भी नहीं है इतना जंगल है इधर हम आ चुके हैं छोटा सा नदी के पास नदी तो नहीं कह सकते तो नाला ही कर सकते ये इतना ठंडा पानी इतना ठंडा है कि मज़ा आ जाता है उसमें ठंडे के दिन में वो आइस की तरह हो जाता है पूरा ठंडा है यहाँ पर हम आ चुके हैं खुले मैदान में थोड़ा सा जगह खुला हुआ है खेती है यहाँ पर चारों तरफ कोई नहीं है इंसान है पूरा आ चुके हैं खेती के पास आप लोग देख सकते हो चारों तरफ खेती है खेती अभी हुआ लगाया है और कुछ दिन बाद धान इधर निकलेगा और चारों तरफ जंगल ही जंगल है बीच में खेती है आप लोग देख सकते हो कि वो धान कूड़ा होने के बाद कितना सुंदर नज़ारा होगा इधर थोड़ा सा नदी के अंदर सा नाला है पानी बहुत ठंडा है इतना मजा आता है जंगल ही जंगल है बीच में पानी का नाला है नदी है और दो लोग गए हैं इधर जाए देखने कितना सुंदर सा पानी जा रहा है पूरा अब ऐसा लगता है पूरा पानी के अंदर सब कुछ तो दिखा जा सकता है ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इधर पानी में पूरा मतलब पानी इतना ठंडा है क्या आप लोग देख सकते हो ये देखो एक बंदर सा ऊपर चढ़ के बैठा है ऐसा लगता है बंदर है क्योंकि ये छः किलोमीटर पैदल चल के और अभी तीन किलोमीटर बाकी है हमारे घर के और यहाँ पर हम घर जाते जाते शायद शाम हो जाएगा यही जगह का नाम सनपुर है आप देख सकते हैं इधर मतलब खुद घर है सो तो साइड में खुदगढ़ है और हम अभी जा रहे हैं अपने घर में देख सकते हैं बंबू का ब्रिज है पूरा हम लोग अभी उसको पार करेंगे देख सकते हैं वो लोग जा रहे हैं और हम अभी पीछे हैं और धीरे चलो टूटेगा लगता है तो इधर कितना सारा बंबू है पूरा मतलब इतना बम्बई इतना सुंदर न पूरा एकदम चारों तरफ ही बम्बू ही बम्बई है हम बीच में जा रहे हैं अभी और तो डेढ़ किलोमीटर बाकी है हमारे घर के पूरा पूरा साइड की पूरा बड़ा हुआ है थोड़ा सुबह हो गया था तो अभी शाम हो गया अभी नहाएगा नहा के हो तो जाएगा so please, तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना अपने दोस्तों के कर साथ शेयर करना तो अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना गुड बाय थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग